बीजेपी के अंदर खाने की बात अब बाहर आती दिखाई दे रही है कोलार में लगे होर्डिंग में हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा की फोटो को जगह नहीं दी गई जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में भी गुटबाजी नजर आ रही है दरअसल भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भगवान सबनानी ने अपनी वर्षगांठ का एक होर्डिंग बनवाया लेकिन उस होर्डिंग में स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा को जगह नहीं दी गयी कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में सबनानी इसी हुजूर इलाके से विधानसभा का टिकट मांग सकते हैं उन्होंने एक बार पहले भी यहीं से टिकट मांगा था लेकिन तब भाजपा ने रामेश्वर शर्मा पर विश्वास जताया था और विधानसभा चुनाव में शर्मा की जीत भी हुई थी लेकिन अब रामेश्वर शर्मा को होर्डिंग में जगह न देने से कयासों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है